कटनी में लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को रिश्वत लेते धर पटवारी ने ऋण पुस्तिका में नाम दर्ज कराने के एवज में पैसे की मांग की थी जिसकी शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने यह कार्रवाई की है कटनी में आठ हजार की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है पटवारी राजकुमार बुनकर ने ऋण पुस्तिका में नाम दर्ज कराए जाने के एवज में पैसे की मांग की थी आनंद कुमार की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने यह कार्रवाई की है जिसके बाद तहसील कार्यालय में पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया आवेदक आनंद कुमार गौतम जो कि कटनी निवासी है उसके दोनों भाइयों के बीच में जमीन का बंटवारा हुआ था तो वो उसका नाम ऋण पुस्तिका में दर्ज कराने के लिए उसने आवेदन दिया हुआ था जिसके लिए आरोपी रामनाथ बुनकर द्वारा आठ की मांग रिश्वत की मांग की जा रही थी तो आज दिनांक बाईस तारीख को उसको रंगे हाथों पकड़ा है आठ हजार नहीं, वो तो बहुत परेशान कर रहा था बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होगा कुल मिला के तो फिर आज रिश्वत लेते हैं उनको हाथों पकड़ाएं विषय है, है मेरी जमीन हर स्टेशन में आपने शिकायत क्या की थी मैंने लोकायुक्त तो से शिकायत की थी मेरे से पटवारी सामने देखो माता राम की जमीन हमारे दो भाई हम लोग दोनों भाइयों के नाम पे चढ़ाने लगे ठीक उसके लिए दो माह पहले आवेदन भी पटवारी जी ने करवाया था यहीं तहसील आदेश में तो बोले थे कि वो आदेश हो गया है उसके आवेज में आठ हजार रुपये चाहिए तो मैं नाम दोनों की चढ़ा के कर दी पटवारी रामनाथ मुनकर थे उनको मैंने पाँच पाँच सौ के सोलह नोटास दिए हैं नहीं आठ हज़ार रुपये की ही मांग कार्यवाही यही एक पुराने आर ऑफिस में हुई है आज शिकायत मैंने चौदह ग्यारह दो को लोक एक्ट दी वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें